गाइस कैसे हो आप आशा करता हूँ आप सब ठीक होगे तो गाइस मैं आपका प्यारा डीजे डी जे सकाल गाँव तहसीलमान जिला मेड से नंबर वन यूटूबर तो गाइस आज मैं एक मूवी का सॉन्ग्स लेकर आया जिसका नाम है राधे राधे मूवी है सलमान खान का न्यू सॉन्ग्स आया सी मार तो अपना हिलाना बंद करें और शुरू करते हैं बिना किसी बगचौद के तो हे है गाय चलते अपने एफ स्टूडियो के पास तो गाइस मैंने अपना एफएल एल स्टूडियो खोल लिया है गाइस और मैं आपको फिल्म आप सेटिंग दिखाने वाला हूँ तो गाइस आप जैसे कि देख सकते हो मैंने अपना एफएल एल स्टूडियो खोल लिया है गाइस मैं अपने एफएल एल स्टूडियो पर आ चुका हूँ और यही वो फिल्म सेटिंग है मैंने इसे दो गाने रीमेक्स किए हैं पर कुछ अलग स्टाइल में किया है तो आप ज़रा इसे मैं सुना देता हूँ तो इसकी बी पी है तो गाइज चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं न बजा तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं यहाँ से दूसरा करना स्टार्ट हो चुका है इसका और इसकी मास्टरिंग मैं दिखा देता तो हूँ आपको एफएक्स एक्स है एफएक्स एक्स ग्राफी है फिर एफएक्स एक्स ग्राफी है फिर एफएक्स एक्स है फिर लीवर है फिर एफएक्स एक्स ग्राफी है फिर एफएक्स एक्स गिराफी इसमें कुछ मैं अपनी तरफ से एड कर देता हूँ जो मैन मास्टरिंग है वो तो इसमें नहीं हुई है मैंने छोड़ रखी आपके लिए तो मैंने मैन मास्टरिंग कर दी है राइस तो अब मैं इसका ज़रा आपको पैटर्न दिखाता हूँ इस तो हिटेट है हड़किक है घुँगरू है और ये कुछ आ, मतलब क्या करंट टाइप का है मतलब करंट टाइप का है एकदम ज़्यादा करंट लगता है ठीक है ये कुछ ढपली टाइप है ये स्लो ढली है ये भी डरम है ये भी डराम है ये भी डरम है ये पानी लुक है ये हीटेट है ये भीटेट भी है ये ताली टाइप में है ये वोकल है ये, ये एफएल स्टोडो का वर्जन है तो गाइस देख सकते हैं कि गाइस मैंने कुछ इस तरह से रिमिक्स किया है कुछ गाने मैंने इसका ऊपर का, का काट काट के यहाँ पे भी लगाया सिर्फ सुन सकते हैं आप देखिए गाइस कितना बढ़िया लग रहा है गाइस ठीक है गाइस सुन लिया आपने और गाइस जरा ये सुन लीजिए ये सुन लीजिए गाइस ये भी बहुत प्यारा लग रहा है मुझे ये मैंने बहुत ही देख लीजिए मैंने क्या लुक डाली है इसमें तो चलते गाने को स्टार्ट करते हैं गाइस दूसरा गाना स्टार्ट हो चुका है सिटी मार यहाँ तक ये दिल दे दिए यहाँ तक था ये यहाँ तक ये यहाँ तक प्ले हो रहा था गाइस एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको ये यहाँ से मैंने से देखिए गाइस यहाँ से ये प्ले हो रहा था यहाँ पे यहाँ तक ठीक है और यहाँ पे सिटी मार चालू हो चुका है तो ये चरा सुन लेते हम यहाँ से, से ये गाना चालू हो चुका है तो ये दिल दे दिया ठीक है यहां तक था आपका चौथा ये था सीटी मार ठीक है और इसके आगे भी ये भी ये सारा सीटी मार है ये यहां पे मैं दिखाता हूं यहाँ पे यहाँ तक सीटी मार है ये दिल दे दिया है तो मैंने कुछ गाना रिमिक्स ऐसे किया है कि सब दो गाने मैंने इसमें रिमिक्स किए हैं काट काट के ठीक है गा तो चलते हैं शुरू करते हैं देख सकते हैं कि मैंने पियानो पियानो पे ये कुछ बेस लाइन मैंने रखी है ये बेस लाइन तो कुछ ठीक है बेस लाइन ऐसा बचती है मैं बता देता हूँ आपको दिखाता हूँ अभी आपको एक बेस लाइन सुना के देखेगा इस ये बेस लाइन ऐसा बजती है और देखिएगा इस बेस में कोई आवाज़ नहीं है ये पैटर्न के साथ ही बजती है गाइस तो आपको गाना अच्छा लगा होगा और गाना आपको अच्छा लगा हो तो यार वो लाइक करे शेयर करे और कमेंट करके हमें बताएं हमारी वीडियो आपको कैसे लगी और गाइस आज इस वीडियो में पासवर्ड है पहले तो मैं बता दूँ वीडियो को पूरा देखना और गाइस आप मुझ इस वीडियो पे मैं टाच रखता हूँ मैं आप लोगों के लिए दस कमेंट और दस लाइक मुझे इस वीडियो पे चाहिए ही चाहिए और दस सब्सक्राइब चाहिए आई होप आप आशा मुझे आप यही आप कर दोगे और गैस एक ज़रूरी बात आ, इस जो वीडियो है इस पे कमेंट कर, कर जब आप कमेंट करोगे तो कमेंट में अब न्यू चेंजिंग हो चुकी है आप ये ज़रूर करना न्यू चेंजिंग हो चुकी है क्या चेंजिंग हो चुकी है हैज आज के लिख के अपना कमेंट आप करोगे और मैं उसका ही कमेंट पिकअप करूँगा जो हैज आज के लिख कर कमेंट करेगा वरना मैं पिकअप नहीं करूँगा ठीक है कैज उसका मैं संडे में एक संडे बॉक्स बनाऊंगा जिसमें मैं एक सन्डे कमेंट पढ़ूंगा तो हैज आज क्लिख कर जो कमेंट करेगा वो मेरे लिए स्पेशल होगा उसे महाकाल टीम की तरफ से गिफ्ट भी मिल सकता है और अपना यूनिक सा सवाल पूछे और इंस्टाग्राम पे इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके हमें टैग करें हैज आज क्लिख कर और अपने चैनल का नाम दिए हम उसका चैनल का नाम चैनल को चेक करेंगे और आज मैं लाइव आ रहा हूँ इंस्टाग्राम पर तो उस को उसका जो चैनल है जो हैजाज़ क्लिक के जो चैनल देगा अपना उसका मैं लाइव में चेक करूँगा चैनल उसे बताऊँगा उसके चैनल में क्या क्या दिक्कत है तो जय हिंद जय जा भारत वंदे मातरम और राम राम जी पूछा गया था एक्सक्र अपॉन वाई जेड तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है एक तो लाइक और शेड ठोक दीजिए महाकाल कैसे पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा ऐसा नहीं चलेगा ऐसा नहीं चलेगा देखो आपने लापरवाही का नतीजा